ओ बारी बार सी खट के टिक्का जाए एक बार दोबारा डॉक्टर साहब साहब तो ठीक मेरा मतलब बता दिक्कत हो हो कहार में शरीर में दर्द हो रहा गोडा न दर्द ना पेट में ना सिरमा <laughs> मेरा सारा शरीर टूटा लगा तेन एक देसी दवाई दे। ला वियोडी लरिच नु पाले म गोल पपीली ए और तेरा शरीर ज ज नाभि टूटरा वा माथे भी टूट जा ओठे डॉक्टर साहब ओ र पैसा देर बाद दे जा आहो ही दे जा चल इधर तेरा वा पा आराम दे बैठ जा ओडी चल ठीक है डॉक्टर साहब पता नहीं सोरे कहां कहां जाते मुरी सो आ गया देखो देखो आ गया के के के के के के के आले डॉक्टर साहब बै बै, बै, दाद तो के दिक्कत बाबा पे मत रखना और पे मत रखना चल मत आता पे मत रखना कटिया ना पे मत रखना और यार तू ही बता दे तेरा खेल रहा ब ब ब ब ब ब ब ब ब ब ब ब ब ब ब ब स्वीकार आपका? सूत भी भी भी भी भी अपना भी अपना करनी भी अपनी भी अपनी, भी भी अपनी बस तो तो कहीं दुआ। और जय करे लाइए सारे जोर से चल डॉक्टर साहब ते डर साहब घंटा करना पड़ा इलाज इंग्लिश का तो बंद धड़कना रे जिसने झान चीज़ें सारे